दो औरतें बातें करते जा रही थी पहली पता है अपने गांव के सरपंच को वहां पर चलेगा दूसरी हा बहन पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं